खाली सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मैं आवाहन करता हूं कि जितने भी हिंदू धर्म धर्मद्रोही हिंदू धर्म का अपमान करने वाली हिंदू धर्म धर्मद्रोही फिल्में बन रही हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करिए और इनको सबक सिखाइए कि धर्म का अपमान करने वालों को कैसे सज़ा मिलती है ओम तो का पठान मूवी जो चल रही शाहरुख खान की तो पठान मूवी हो या अन्य कोई मूवियाँ हो इन जैसी मूविया आते ही इनका परिपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी मूवी बनाने वालों को भिखमगा बनाया जाना चाहिए यही इनके लिए दंड है धर्म का अपमान करने वालों के लिए ओम तो ताज वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का